यह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस समय जो संवत्सर चल रहा है यह परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर इकतालीस मिनट पर दर्शकों नक्षत्र जो रहेगा यह रहेगा धनिष्ठा इसके उपरांत सदिशा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा विष्टि इसके उपरांत व करण पूर्व रात्रि तक रहेगा योग रहेगा सूल इसके उपरांत गंड योग रहेगा बुधवार दिन रहेगा और उत्तर दिशा की ओर दिशा शूल रहेगा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 बेहतर रहेगा पैसों के मामले में आज प्रगति आज आज कोई गुड न्यूज मिल सकती है मन आपका बड़ा होगा। जीवन साथी के सहयोग से आज, आज आप लोग कुछ खास काम पूरा करते हुए नजर आएंगे आज किसी अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपका संपर्क हो सकता है जो की भविष्य के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर आज गणपति आप लोग पाठ करिए और दशरथ के शनि का आप लोग पाठ करिए दिन करिएगा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट किए सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दर्शकों